हमारे दैनिक जीवन में और हमारे आसपास में बहुत सारी ऐसी चीजें विद्यमान है जिनके बारे में हम कभी भी हकीकत में रूबरू नहीं होते कि आखिर ये ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है हम आप, आज आपको गजब की इंफॉर्मेशन देंगे और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना हम आज कंपैरिजन करने वाले है दूध और पानी में आपको पता है की दूध लिक्विड है और पानी भी लिक्विड है हालांकि दूध उफन जाता है और पानी नहीं उफनता है आखिर ऐसा क्यों होता है इस दिया, निकाल दिया। वो थोड़ा सा है और वो पूरा हो जाता है वो कैसे होता है आज आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से समझ में आने वाला है पहले बात करते है दूध की वैसे क्या होता है की दूध के अंदर बहुत सारे खनिज लवन पोषक तत्व बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट वसा और विटामिन जैसे बहुत सारे ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो कि पानी से हल्के होते हैं <tiny Medicine> जैसे जैसे हम दूध को गर्म करते हैं तो ये जो पोषक तत्व है ये जो तो पदार्थ है वो धीरे धीरे दूध के ऊपरी सतह पे आने शुरू हो जाते हैं जैसे जैसे ये शुरू आते हैं और जैसे जैसे गर्म होता जाता है दूध तो नीचे से भाग बनना शुरू हो जाते है और ऊपर आकर जो पोषक तत्व है वो टाइट होने शुरू हो जाते हैं और नीचे भाप बनना शुरू हो जाती है अब आपको पता है जैसे जैसे वो टाइट होते हैं तो एक परत बना लेते हैं ऊपर दूध के ऊपर और नीचे बताएं उसके बाद में पानी आपको पता है तो दूध के अंदर 87 परसेंट पानी होता है और बाकी 4 परसेंट फाइव परसेंट कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होती है तो जैसे जैसे पानी गर्म होता है तो आपको पता है पानी गर्म होगा तो भाप जरूर निकालेगा और जैसे भाप निकालता है तो वह जो कार्बोहाइड्रेट जो जिनकी एक परत बनी है लेकिन वो धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हो जाता है और उसके बाद में जैसे ही वह एक निश्चित टेम्परेचर निश्चित बॉइलिंग पॉइंट पे आता है उसके बाद में वह दूध बाहर निकल जाता है जो की ऊपरी परत है। वो क्यों होती है उस दबाव के कारण हालांकि उसको जो भाप है उसको जगह नहीं मिलती है बाहर निकलने के कारण और जब दूध उफन जाता है उसके बाद में आप देखते हो कि एक बार ऊपर जो पदार जमा हुआ वो पूरा भार निकल गया उसके बाद में अंदर वो दूध है वो भी पानी की तरफ उबलना शुरू हो जाता है उसके बाद में बहुत ही कम चांस होते है कि दूध उठने तो यह था मेन कारण दूध के उफरने का उसके बाद में हम बात करते हैं पानी की कि पानी क्यों नहीं उफरता है वैसे आपको पता है पानी के अंदर नहीं होते हैं जो बहुत पोषक तत्व होते, पानी है, पानी होते हैं तरल के रूप में होते हैं तो जैसे जैसे गर्म करते हैं वो निश्चित बॉइलिंग पॉइंट आता है तो आपको पता है ऊपर नीचे होकर वही पे शांत रहता है हालांकि वो उससे बाहर निकलना क्योंकि उसके अंदर तो पोषक तत्व नहीं है और कोई परत नहीं बना रहा है वहां पे और जैसे जैसे वह भाप निकलती है तो भाप क्या, है? आपको भाप से निकल जाती है। में क्या होता है आपको तो ऑलरेडी वो गैस है।, है, है वो बर्तन से बाहर निकलना शुरू हो जाती है तो यह था आज का हमारा गजर फैक्स की दूध क्यों उठनता है तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारी स्त्री में जाकर ऐसे ही आप आसपास की दैनिक सामग्री के वीडियो देख सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में से नई टॉपिक के साथ जय हिंद जय भारत